एक मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा एक मीटर गहरा गड्ढा खोदने की मजदूरी सौ रुपये है तो आधा मीटर लंबे, आधा मीटर चौड़े और आधा मीटर गहरे गड्ढे को खोदने की मजदूरी कितनी होगी जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है